को तो कोई है तो भैया स्पेशली दिवाली के में हरा हरा इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए ना मैं पंकज आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और बीबीसी 24 फोर इंटू सेवन में आज हम खड़े हैं गायत्री माता के पंचमुखी गायत्री माता के प्रांगण में जो पवित्र नगर में स्थापित है तो आइए हम आपको लिए चलते हैं आज संध्या के वक्त में जैसे कि पूर्णिमा के दिन यहाँ पे दिप्य महायज्ञ का आहवन किया गया है और इस नगर के तमाम मेरी माता बहने और चाचा चाची सभी उपस्थित होकर के मां गायत्री का इस महायज्ञ में दीप महायज्ञ में आकर के पुण्य के भागीदार बन रहे हैं आप कब आएंगे विलंब न कीजिए आइए जल्द से जल्द माता के धाम में पहुंच करके माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए अपनी बातों को मैं आगे लेके चलूँ उसके पहले मैं आपको कुछ और बातों को रखना चाहूँगा पंचमुखी गायत्री माता के मंदिर पवित्र नगर वार्ड नंबर फोर्टी छियालीस में है पंचमुखी गायत्री माता मंदिर के द्वारा समाज कल्याण के लिए सात सूत्री कार्यक्रम रखा गया है सात सूत्री प्रकाश डालते हुए आपको बता दूं कि पहला है साधना दूसरा है शिक्षा और तीसरा है स्वास्थ्य संवर्धना पर्यावरण संरक्षण चौथा और पांचवा नारी जागरण छठा कुन्मूलन सातवा स्वावलंबन स्वावलंबन कार्य के प्रारूप सिलाई स्वावलंबन बनाने के लिए यहाँ आपको इस तरह का शिक्षा दी जाती है प्रशिक्षण दी जाती है सिलाई बुनाई पापड़ अचार मुरब्बा खाद मसाला अगरबत्ती मोमबत्ती बनाने के प्रशिक्षण के साथ तो आइए स्वावलंबन बनिए और आप किसी भी बैसाखी का आप श्री हरि नारायण और गायत्री माता के संतान हैं तो उनके कृपा से आप अप अपना पहचान स्वयं बनाए धन्यवाद प्रेम से बोलिए गायत्री माता की जय श्री शिवाय शोचन वीर हनुमान जी की जय जय श्री राम और मोहताज ना रहे तेरह सौ Oṁ Sukhāmbe, Oṁ Sukhāmbe. तर्ण तर्ण कोई कुछ भी, भी होता है तो ये भैया घर से पहले ऐसी देखिए इतना आपको प्यार कर अच्छा आज आज क्या संदेश देना चाहेंगे आज के उपलक्ष्य में आज, संचीट संचीट जी, जी, जी। आप संक्षिप्त में हमारे घर आपसे संदेश और क्या दे सकते हैं भोला नाथ के आशीर्वाद ऐसी दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की के रास्ते पर चल रही है पढ़ाई लिखाई ट्यूशन सब कुछ अच्छा है और आने वाले दिनों में ये सब अच्छा, अच्छा प्रोग्रेस अच्छा, कर अच्छा, रही है। पुत्र हैं हैं पुत्र पुत्र बाबा भोलेनाथ के के माता के, और और शिव शक्ति दोनों के दो पुत्र हैं। आप हमेशा इस जीवन में हमेशा आनंद वे जीवन रहे यह हमारी शुभकामना है हमेशा तबकी के रास्ते पर जाए यह हमारी शुभकामना है जब आज इस मंदिर में आप आ गए हैं समझिए आप झोली भर के ले जाइए बाबा भोलेनाथ इतना देगा की आप रख नहीं पाएंगे हर आपको कोटी कोटी धन्यवाद इतना बड़ा और इतना अच्छा उपहार मुझे देने के लिए इस उपहार को रखने का झोली मेरा पर गया। धन्यवाद। स्वागत है आपका आप कितने वर्षों से यहाँ से जुड़ी हुई हैं? साल। तो कैसा लग रहा है आपको जुड़ करके? अच्छा लगता है पहले तो यहाँ हम लोग नहीं आते थे हालाँकि मंदिर था जब ऐसी कोई यहाँ ज्यादा नहीं आ रहा था अंकल जी आए थे यहाँ पे पूजा करना, करना तो चाहिए तो आप सभी आने लगे और ये मंदिर तक आप देख ही रहे हैं कितना आगे बढ़ा है पहले कुछ नहीं था अभी सब कुछ दिख रहा है तो ये सब राज्य कारण तो नहीं हुआ है और हम लोग आके आगे बढ़ा रहे हैं ये सब चीज़ों को लोगों को बोल रहे हैं कि आप आइए यहाँ पूजा कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद आप ऐसे समय में क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को अपने शब्दों में बोलना चाहूँगी तो अपना कल्चर है वो छोड़ना नहीं क्योंकि तो क्या होता है ना अगर आप पहले से जुड़े हुए सबके साथ तो हम लोगों का एट द एंड गॉड होती है हम लोगों को भगवान कुछ भी होती है तो हम लोगों को भगवान ही चाहिए होते हैं तो आ, है, अगर आपको तो याद ना करना है तो वो डेली बेसिस में ही याद करें तो वो आपका लाइफ एक अलग ही उत्साह माना जाए धन्यवाद आपको कैसा लगता है यहाँ पर जब भी आप आती हैं बहुत अच्छा लगता है आप अपना अनुभव थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए क्या बताया। क्या नाम है आपका संगीता। तो संगीता माँ मैं पंकज आपका स्वागत करता हूँ तो, तो आप इसके अलावा आ, समाज में यहाँ से निकलने के बाद में लोगों को बताती हैं अपना इस गायत्री परिवार के बारे में तो आप आपको अपने बच्चों को यहाँ से जोड़ के कैसा लगता है, बहुत अच्छा, है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अपना अनुभव शेयर कीजिए नज जी जी जी। मैं नौ साल हो गया इधर बैठा हुआ अभी ना डेढ़ साल हुआ जी। मंदिर का हाल है? जी। भगवान वो इधर यहाँ पे दीप प्रज्वलित प्रोग्राम में आते हैं इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए ना ये हमारा एक मिशन है के माध्यम से हरिद्वार शांति को जो हमारा हेड ऑफिस है और ए, उसका शाखा यहाँ पर साहब सिलीगुड़ी में जलपाईपुर में है तो हमारा उद्देश्य है धर्म धर्मतंत्र के माध्यम से लोक शिक्षा कि व्यक्ति धार्मिक बने धार्मिक रुचि के माध्यम से अपने जीवन को सुधार करें अपनी बुराइयों को छोड़े और अच्छाइयों को धारण करे। जब वो ऐसा करेगा तो क्या होगा उसके अंदर से बहुत सारे ऐसे दोष हैं जो निकल जाने बाद में उसमें एक आनंद का अनुभव होता है और आनंद का अनुभव करना ही ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद आप अब तक आपके सानिध्य में कितने लोग इसमें ये किए हैं मतलब हिस्सा लेकर के अपने आप को परिवर्तित करने के चेष्टा किए हैं अपने जीवन में हमने 1994 से हम जुड़े हुए इस परिवार से और अब तक 2007 से इस सिलीगुड़ी जोन में समैदान हुए देते हुए आए पहले ही हम समैदान सिलीगढ़ी में दिए उसके बाद जलगाँव चले गए उसके बाद अलीपुर द्वार गए उसके बाद क्या कहते हैं गुवाहाटी चले गए उसके बाद तीन तिनसुकिया भी गए इधर उत्तराखंड में आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड भी समय दान दिए अररिया डिस्ट्रिक्ट में दो साल का समय दान दिए प्रचार प्रचार में ही समय दान देते हुए आ रहे हैं तो ये और... जितना भी आप समय दान दे रहे हैं आपको लग रहा है कि आपके समयदान के बाद में समाज में जो लोग आज तक अभी जैसे कि वेस्टर्न कल्चर का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है हमारे नौ युवकों के अंदर में। तो ये आपका युद्ध और ज़्यादा बढ़ गया है चुनौती बढ़ गया है समाज में पश्चिमी सभ्यताओं सभ्यताओं को देखते हुए तो इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए ये कैसा रहा आपको क्या बहुत ज़्यादा संघर्ष हो रहा है कि आप आराम से इसको कवर कहाँ संघर्ष तो करना ही पड़ रहा है आज हमारे युवा वर्ग के लड़के जो है विदेशी कल्चर को ही ज़्यादातर हाँ, अपना रहा है इसमें उनको सुधार लाने में करने में थोड़ा दिक्कत आना पड़ रहा है और हमको पूरा विश्वास है कि आगामी आने वाले समय में ये लोग सबको अपने भारतीय धर्म संस्कृति